so है hey इज welcome to my new vlog और आज है 5 जनवरी तो मतलब इतने दिन से vlog नहीं आ रहा था उसके लिए sorry कुछ technical problem हो गया था laptop में जो प्रीमियर प्रोसे में वीडियो एडिट करता था वही काम नहीं कर रहा था और काइन मास्टर का मैंने सब्सक्रिप्शन भी लिया तो एक्सपोर्ट होने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था तो इसलिए अभी मैंने लैपटॉप में जो इश्यू है उसको सही कर लिया अब वीडियो मेरी एडिट हो जाएगी सही से अभी मैं हूँ छत पे आज ब्लॉक की स्टार्टिंग मैंने छत पे ही करी है क्योंकि अभी मुझे जाना है वैक्सीन लेने मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है हालांकि वैक्सीन का तो जाना है लेकिन यहाँ बारिश हो रहा है बहुत तेज तो नहीं हो रहा लेकिन धीरे हो रहा हालांकि जाते जाते भी जाएंगे तो सही नहीं है ठंड भी है बारिश भी है तो ये मौसम जो है वो सही नहीं है तो फिलहाल अभी मैं नीचे चलता हूँ हालांकि मैं तैयार हो कूँ वॉक कर रहा हूँ लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जाता हूँ अपने शूज़ को देख लेता हूँ मैं नीचे गया तो वो गंदे थे हालांकि चलो मैं उसे पोछ ओछ देता हूँ थोड़ा सही कर देता हूँ तो वह शूज़ को जो है मैंने अच्छी तरीके से जो है गीले कपड़े से इसे पोछ दिया है तो काफ़ी हद तक सही है पहले बहुत ज़्यादा ही गंदे थे हालाँकि अभी धो तो नहीं सकता क्योंकि बारिश हो रही है तो सूखेगा भी नहीं तो मैंने इसे पूछ दिया तो देखते हैं बारिश के रुकने का जो है वेट करते हैं कब तक बारिश रुकता है फिर हम चलते हैं वैक्सीन लगवाना हालांकि मास्क वगैरह लाना है तो मैं ला के रख लेता हूँ पूरा बैग ही ले आता हूँ अभी मैं समोसे लेके आता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ दिल्ली में तो भाई साहब पूरे दिल्ली में अभी मैंने चेक भी किया है रडार मैप तो वहाँ पे पूरे मतलब दिल्ली सब जगह बारिश हो रही है बिहार के साइड नहीं हो रहा है हालांकि जा सकता है तो गाइज अभी मैं समोसे लेके जो है आ चुका हूँ अभी मैं जा रहा हूँ फिर से नानी के यहाँ तो वहीं पे मिलता हूँ सीधा आपसे तो भाई बारिश बहुत हो रही थी तो मैंने सोचा कि नूडल्स मंगा लिया जाए तो मैंने जोमेटो से ऑर्डर कर दिया था और इसको खोल के खाएंगे तो गई व्लॉग को करता हूँ ये पे खत्म तो मिलते हैं गए जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में थैंक यू सो मच वॉजिन बाय